बार मैं मैं को अरे भैया बड़े नसीब वाले हो एक तो तुमने टक्कर मारी ऊपर से तुम तो मुझे नसीब वाला बोल रहा है। अरे भैया आज मेरी छुट्टी है इसीलिए आज मैं साइकिल चला रहा हूँ वरना तो मैं आगे ट्रक चलाता हूँ <laughs>